हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक स्पेन की यात्रा पर लेकर चल रहा हूं तो आप ऐसी रिक्वेस्ट की प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ स्पेन देश की कुल पॉपुलेशन है चार करोड़ सड़सठ लाख और इस हिसाब ऐसी दुनिया का तीसवा सबसे बड़ा देश है दोस्तों ये देश कुल मिलाकर चार लाख अठानवे स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको चौरानवे लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं यहाँ के 80 परसेंट लोग शहरों में ही रहते हैं जबकि 20 परसेंट ही रूरल एरिया में रहते हैं स्पेन देश की जब जब बात होती है तो सबसे पहले यहाँ के कल्चर को ही याद किया जाता है आपको बता दो कि यहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी है इस देश ने दुनिया को कई ऐसी चीजें दी है जिसका उपयोग आज भी हम कर रहे हैं कहने का मतलब ये कि स्पेन शुरू ऐसी ही एडवांस कंट्री कहलाता रहा है स्पेनिश भाषा में इस देश को एस्पाना कहा जाता है आपने सुना ही होगा की यहाँ के दो बड़े शहर बार्सिलोना और मेड्रिड के बीच में कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे दोस्तों स्पेन के लोगों के बीच में म्यूजिक एंड डांस ये दो चीजें बहुत फेमस है यहाँ के लोग किसी न किसी तरह से अपने आप को म्यूजिक में इन्वॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पर कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कि कुछ न कुछ बजाना न जानता हो या गाना गाना न जानता हो वही पैशन दोस्तों डांस को लेकर भी यहाँ आरोप बहुत है आपको स्ट्रीट आरोप भी कई लोग डांस करते हुए दिख जाते हैं यहाँ के वीकेंड आरोप भी अलग ही माहौल होता है क्या आप यकीन कर सकते है की स्पेन के नेशनल एंथम में कोई लाइन ही नहीं है जी हाँ ये बात सच है यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक है हालांकि ऐसी बात नहीं कि ये पहला देश हो जिसके नेशनल एंथम में कोई वर्ड ना हो स्पेन के साथ तीन और ऐसे भी देश हैं जिनके नेशनल एंथम में कोई वर्ड नहीं होता है दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि स्पेन की लड़कियाँ बहुत ही कमाल की होती है जी हाँ ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है दिखने में लेकिन आज हम आपको बताते हैं इनके बारे में एक और सच एक सर्वे में ये बात सामने आई है की यहाँ की लड़कियाँ सबसे ज्यादा लड़कों को प्यार में धोखा देती है लेकिन अगर एक बार शादी हो गई तो यहाँ वो सेटल होना पसंद करती है जिस वजह से इस देश में डिवोर्स रेट बहुत कम है जो कि 15 परसेंट के आसपास ही है वेल, well, फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि होली सिर्फ हमारे देश में ही मनाई जाती है लेकिन ऐसी बात नहीं है आज हम आपको स्पेनिश होली भी दिखा देते हैं इसका नाम है लाठ मठीना आपको बता दो की इस फेस्टिवल में स्पेन में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद फलौन मस्ती करते हैं यहाँ आरोप रंग के साथ नहीं बल्कि टमाटर के साथ इस फेस्टिवल को मनाया जाता है आपने इस त्योहार के बारे में कई बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा दोस्तों आपको बता दूं कि स्पेन की भाषा यानी कि स्पेनिश दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ना सिर्फ यूरोप में इस भाषा को बोला जाता है बल्कि दोस्तों इस लैंग्वेज को साउथ अमेरिका के लगभग हर देश में बोला जाता है दुनिया में इस भाषा को बोलने वालों की तादाद है तकरीबन चार मिलियन अमेजिंग है आपको पता है की स्पेन की नेशनल गेम कौन सी है जी हाँ यह है फुटबॉल आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया के कई महान फुटबॉल खिलाड़ी इसी देश से आते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश ने 2008 से लेकर दो तक वर्ल्ड फुटबॉल पर राज किया है दोस्तों बुल को स्पेन का नेशनल एनिमल कहा जाता है आपने बुल फाइट के बारे में तो सुना ही होगा ये स्पेन में ही होता है इतना ही नहीं यहाँ पर बुल को गुड लक चाम के रूप में भी देखा जाता है कहते हैं कि बुल अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग दिख गया तो समझिए कि आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है यहाँ के लोग जनरली अस्सी साल जीते हैं साथ ही कहा जाता है की अपनी लाइफ में कम ऐसी कम बीमार होते है, जो हैं जो स्वस्थ है वो सबसे धनी है वेल well, दोस्तों इस देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश क्यों कहा जाता है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर सैतालीस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जी हाँ दोस्तों किसी देश में एक या दो होते हैं यहाँ पर 47 है ये देश की अपने आप में कमाल की जगह है तो उम्मीद है की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए नीचे कॉमेंट में बताइए की स्पेन आपको कैसा लगा अगले एपिसोड में आप कौन से देश के बारे में जानना चाहेंगे हमें ये भी जरूर बताएं तो वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट्स करें और हमारे चैनल को देखते दे रहने के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते दे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद